सच बोलने से डरते हैं क्योंकि हमारे कुछ हित हैं, जो निजी स्वार्थ हैं, वो उस झूठ से जुड़े हुए हैं इसलिए सिर्फ उदयपुर में जिस बच्चे का तन जो है धड़ से अलग कर दिया गया है भारत का सनातनी समाज लालच और लालच के कारण आई कायरता और ये कायरता उसको शत्रु से समझौता करने के लिए बाध्य करती है लड़ने के लिए नहीं बाध्य। ये देश भर में घटनाएं हमारी चुप्पी और हमारी कायरता के कारण घट रही हैं। हम इन घटनाओं के लिए किसी सरकार को किसी पुलिस को किसी राज्य की सरकार को दोषी ठहरा करके खुश हो सकते हैं लेकिन आज भी पूरे देश में जो घटनाएं घट रही हैं, हमारा लालच हमारी आंखों पे पट्टी बांध चुका है छोटे छोटे निजी स्वार्थ और अपने लोगों से ईर्षा हसरत और उन्हीं से आपका कंपटीशन होने के कारण शत्रु 1400 साल पहले से जो काम कर रहा है उसने ना अपनी दिशा बदली ना लक्ष्य बदला लेकिन हमने इन सत्तर सालों में कम से कम हर दिन झूठ बोला झूठ बोया और यह कोशिश की कि हमारा शत्रु भी हमसे झूठ बोले इसलिए हम सच सुनना नहीं चाहते सच बोलने से डरते हैं क्योंकि हमारे कुछ हित हैं जो निजी स्वार्थ हैं वो उस झूठ से जुड़े हुए हैं इसलिए सिर्फ उदयपुर में जिस बच्चे का तन जो है धड़ से अलग कर दिया गया है यह कोई नई घटना नहीं है ना उन्हें आपकी पुलिस की चिंता है ना इस देश के कानून की चिंता है क्योंकि सनासदी पंचानबे करोड़ समाज हर समस्या इस कानून से सरकार से पुलिस से हल कराना चाहता है वो खोना कुछ नहीं चाहता वो चाहता है उसकी जगह कोई दूसरा लड़ाई लड़े हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका चले जाएं। और अगर यहां संकट हो तो इस शहर से दूसरे शहर दूसरे शहर से तीसरे शहर और अगर कहीं जगाने मिली तो पैसा हमने कमाया है तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कहीं तो बस जाएंगे जो समाज अपनी धरती को छोड़ देता है उसे पूरी दुनिया कम पड़ जाती है तौर पे जान बचा सकते हैं कुछ कंप्रोमाइज कर सकते हैं 10 दिन 10 साल दो साल एक साल आप अपनी जान बचाने का सौदा तो कर सकते हैं अनेका अनेक झूठ बोल करके लेकिन एक दिन सबको वीसी का सामना करना है लेकिन हम आज भी बहुत झूठ बोलते हैं और हम दुनिया में ऐसे लोग हैं कि हमारे बराबर कोई झूठ नहीं बोलता क्योंकि हम स्वार्थ में दुनिया में सबसे आगे हैं और अपने स्वार्थ की कहानियों को छुपाने के लिए इतिहास में बड़े बड़े लोगों ने क्या किया था उसका हर बार वर्णन करते हैं लेकिन कोशिश करते हैं कि जिनका हम इतिहास में नाम ले हमारा बेटा वो न बने ये समस्या है हमारी इसलिए आज बहुत सारे संकट हो सकते हैं क्योंकि आपके आयोजकों का नाम उस संस्था का नाम राष्ट्रीय जागरण मंच है लेकिन मैं नहीं जानता कि आज भी 2022 के